एक व्यक्ति जो अकेले रहने के साथ ठीक है वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है आपकी सोच की गुणवत्ता आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे डरा जाए आपको बस यही समझने की जरूरत है जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की है उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की काजू बादाम खाने से बच्चों में अक्ल आती है मेरे जैसों की अक्ल तो धोखा खाने से आती है धोखा जरूर मिला है लेकिन वास्तव में मौका मिला है कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद ना करें समय से ही जीवन बना होता है बीता हुआ कल कभी नहीं बदला जा सकता है लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो तीन महान ताकतें दुनिया पर राज करती हैं मूर्खता भय और लालच सुंदर रहो शिक्षित को साग पहनो और अच्छे तरीके से पैसा कमाओ अपने आप को सिर्फ इसलिए हारा हुआ मत कहो क्योंकि तुम किसी लड़की को प्रभावित करने में असफल रहे सिर्फ वही लोग हार मानते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद ऐसे ही मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें